लोगों ने वहां के कहा कि आप जो कोई भी है हैदराबाद से आए कहीं भी आए हैं आप अकेले रात में यहां बैठो यहाँ रोज शेर घूमता है और यहाँ भी आते है और यहाँ अच्छा नहीं है आप नहीं रुको मैंने कहा धन्यवाद आपने जो कहा ठीक है, है मैं मेरे गुरु पर विश्वास करता हूं मैं उस धुनी के पास बैठ गया जहां धुनी लगाकर बैठे हुए थे और मैंने गुरु का स्मरण करते हुए गुरु जी गुरु मंत्र की पांच की और कहा गुरु जी आपकी शक्ति से अगर मेरी भक्ति आपके प्रति है तो मेरा यह मंत्र सिद्ध हो यह बात कहते हुए मैं दो वर्ष पहले गया और उस गुरु मंत्र को तीन दिन के लिए गिरनार पर्वत के नीचे किया करने के बाद तीसरे दिन एक गिरवे वस्त्रधारी साधु आए और उन्होंने रुद्राक्ष हाथ में देते दे दे हुए कहा कि तुम्हारी जगह यह नहीं है यहां जंगल में भगवान दत्तात्रेय की सिद्धि की हुई माँ काली है जहाँ भूत विशाख रहते हैं और रोज शेर आके वास्त होता है एक बार उसका दर्शन ले लेके आओ और बाद में एक ऊपर अंबा मठ भी है अंबा मठ भी ऊपर है जहाँ भगवान दत्तात्रेय को माता पार्वती ने सागर मंत्रों की साधना का उपदेश दिया था बाद में इसके प्रवर्तक हुए दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय भगवान से मचिंदनाथ और सारे नाथ साम्राय के दत्तात्रेय भगवान से इन साधना है वहाँ ऊपर अम्बा का मंदिर है जहाँ सावर विधान का साबर मंत्र श्रेष्ठता से सिद्ध होता है वहां का दर्शन लिया और मैं जब आया तब उस गिर साधु गिर रंग के कपड़े जो पहने थे वो साधु आए और रुद्राक्ष लेकर कहा तो मैंने कहा मुझे यहाँ कालिका मंदिर जंगल में कहा है इसका मुझे पता नहीं है मैं यहाँ वहां तक जाने के भी मुझे क्रिया नहीं है अभी तो पूरे उन्होंने कहा अभी तो पूरे शक्ति के साथ पूरे घमंड के साथ कह रहे थे कि गुरु की शक्ति है मेरी भक्ति है तो ये साधना करूंगा तीन दिन की, की है आप कार्य के पास जाने के लिए गुरु की शक्ति काम नहीं करेगी क्या भक्ति नहीं है क्या उसने ऐसा मुझे के, एक दम एक दम ऐसे नीचे उतारते हुए शब्द के दिए। मैंने कहा ठीक है ठीक है मैं ढूंढ के लिए जाता हूँ आप कोई चिंता करने की बात नहीं मैं ढूंढता हूँ मैं जाना अब मेरे मन को या मेरे हृदय को ठोस लगेगी उसने ऐसी बात कही कि मेरे में शक्ति नहीं है क्या मेरे भक्ति नहीं है मैंने कहा मैं ढूंढ लेता दूसरे दिन वहाँ ये ऐसा ही धुखा तो वहाँ पानी बहुत कम मिलता है पेड़ों से एक झरना छोटा सा झरना आता है उस पेड़ के नीचे स्नान करना पड़ता है, और वो पानी पड़ता है। वो कम से कम दस हजार सीढ़िया उतर कर जाना पड़ता है, है वहां गया फिर वही पानी लिया अब लगा कि ये तो साधु मुझे कह के गया अब मैं जो काली मंत्र उठना है वहां तो एक आदमी भी नहीं है और मैं अकेला धैर्य के साथ गया मैं रुद्राक्ष जो दिया था को रुद्राक्ष तो कोई ना कोई तो चलता ही होगा इधर सही इस पगड़ी से ही जाए पगड़ी से थोड़ी दूर गया देखता हूं क्या कि बहुत बड़ी गुफा है गुफा के भल में भालू के बच्चे और दूसरे तरफ शेर के बच्चे बैठे हुए अब बोला अब गुरु की शक्ति ना मेरी भक्ति अब तो गए हम काम से ये तो अभी हमारे को हम इसके भोज्य बन जाएंगे अब इसका हमारे से इसके साथ कुछ होना जाना नहीं है अब कैसे मैं जैसा ही गुरु का स्मरण किया गुरु जी ने कहा लागे छोड़े काली मंदिर कहा तो पता नहीं गुफा के सामने खड़ा होगा लेकिन एक ही मिनट में वो जो साधु जिसने रुद्राक्ष दिया था वो मेरे सामने आए और कहा क्या हो गया मैं बोला ये शेर के बच्चे वगैरह लेकिन आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो आपने तो कहा था चले जाओ और फिर मेरे पीछे आए तो क्या उन्होंने कहा क्या गुरु तुम्हारे ही हैं, हमारे गुरु नहीं हैं? तुम्हारे गुरु ने ही मुझे भेजा है कि तुम्हारे को रास्ता बताओ ये मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं आप चलो आगे आपने जिस शेर के बच्चों को कहा है या भालू के बच्चों को कहा है वो भालू शेर के बच्चे केवल आपका परीक्षा का मार्ग था आओ बताता हूं ये सब साधक है गुफा में बैठे साधना करते हैं उन्होंने बताया मुझे जीवन में मेरा पहली बार आश्चर्य हुआ कि आज के दिन में भी ऐसे रूप बदलने वाले लोग आज भी हैं और मैं वहां से उनको कहा कि अब आप, आप मेरी शक्ति की परीक्षा ले सकते हैं चाहे शेर आए या और कुछ भी आए मैं काली मंदिर को जाऊंगा आपको प्रणाम करता हूँ अगर मुझे गुरु ने आपको भेजा है तो मैं आपको प्रणाम कर क्योंकि मैं जीवन में एक बात बताता हूँ या तो देवताओं को देवियों को और गुरु के सिवा मेरे माता पिता के किसी के चरण छूता नहीं किसी नमस्कार करता नहीं मैं उस को भी ऐसा ही नमस्कार किया वो हंस के रह गया तो गुरु चरणों को भी नमस्कार करते हो मैंने कहा अगर आप कहें तो आपके चरणों को भी नमस्कार कर तो कहें तो कहे तो क्या मतलब कोई बोलता है क्या मेरे पांव पड़ो मैंने कहा इसी बात नहीं है अगर आप कहते हैं तो मैं आपके चरण छोने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं जैसा ही चरण छोने लगा दोनों हाथ पकड़ लिया कहा अब भी गुरु भाई है गुरु को नमस्कार करना आपका विधान जो है वही है आप आगे बढ़ो आगे गया वहा एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था उस पिंपल के ऋषि के बाद में पिम्पल में ही एक बहुत बड़ा ऐसा एक गुफा की भांधी ये था और मैंने देखा उसमें काली माता का मंदिर है जो साढ़े तीन फीट की काली, काली माता का मंदिर है जैसा तो ही अंदर गुफा में छाका तो दिया लगाया हुआ है कि किसने अभी अभी दिया लगाया हुआ है क्या दिया लगाया हुआ है देखा और जैसा माता काली के चरणों में नमस्कार किया कि ऊपर से एकदम कुछ पानी पड़ा स्तर पे पानी पड़ा मैं दिखना। ऐसा करके देखता हूँ तो है? है। रक्त है तो मैं जब तो माता के तरफ देखा तो माता के जीव से रक्त टपक रहा है तो मैंने समझा कि कोई कोई यहां आके गया समझाई जी का लिखा होगा जिससे स्वामी कृष्णेश्वर ने कहा कि इस मत, इस स्तोत्र से माँ काली सिद्धि होती ही है मैंने उस स्त्रोत्र का पाठ किया स्वरूप तो माँ कहके तेरा स्तनपान करने कोई नहीं आ सकता या तेरे को बेटी समझ कर कोई पास ले इसमें शक्ति नहीं जो तो है जो तुम मुंडावाला पहनी हुई है माँ तेरी की साधना किस तरह की जाए ये शंकराचार्य जी का एक स्त्रोत्र है और जी कहते हैं किसी काली मंदिर में जाओ और इस नष्टक का इस स्त्रोत्र का आठ बार प्राप्त करो काली दर्शन निश्चित रूप से देगी और मेरा अनुभव है कि मैंने ये दोस्त दोस्त दोस्त तो जहां भी पाठ किया है वहां मैंने माता काली का अनुभव किया आप सभी को इतने धूप में बिठाकर अभी भाई कह रहा था भैया बहुत धूप है वो सब लोग बैठे बैठे एकदम सूख जाएंगे मैंने कहा तपस्या है तपस्या का मतलब होता है तप जाना ताप हो जाना गर्म हो जाना तो थोड़ा तपने दो तपस्या तो करने दो इनको साधना तो बोलूंगा ही बोलूंगा थोड़ा गर्म हो जाने दो तो मैं जिस यंत्र की और जिस साधना को करके मैंने गिरनाथ में इतना अनुभव किया वही साधना आपके जीवन में मैं देना चाहता हूं इसलिए कि आज तक आपने संस्कृत मंत्रों को किया साबर विधान का कोई भी मंत्र सावर के हजारों ग्रंथ पड़े हैं आपको तेलुगु में भी सावर मंत्र मिलेंगे मराठी में मिलेंगे गुजराती में मिलेंगे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में उन्होंने साबर मंत्री साबर मंत्र हो आज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कितना सिद्धक आ गया है वो तो हिंदी में है, कोई संस्कृत में तो है कितनी सिद्धि प्रदान करते तो शब्द नहीं है तो ऐसी सिद्धि साबरम गुरु को मानकर चलता उसको इस सिद्धि को प्राप्त होना ही है केवल इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की तुम ये ये इस रंग का कपड़ा पहनो इस रंग की माना डालो इस रंग ये करो कुछ नहीं है केवल गुरु को मान लो और कहो कि मेरी गुरु की शक्ति मेरी भक्ति में आपको निश्चित रूप से साधना में शक्ति मिलेगी इसमें कौन से कौन से मंत्र है दसवा विद्या का मंत्र है या गुरु को सिद्धि करने का पहले गुरु को सिद्ध करके गुरु को प्रसन्न करने की विधि हम जाननी चाहिए गुरु प्रसन्न हो गए और कहेंगे कि तुझे सावर विधान के मंत्र की सिद्धि प्रदान किया तो आप कौन भी साधना करो आपके जीवन में छोटी छोटी आप मैं बहुत सारे लोगों को लोगों को भी दिखाऊं आप देखे हैं नहीं देखे ब्राह्मण हैं रोज वेद विद्या का पाठ करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन घर में बेटी अगर बीमार हो तो किसी मुसलमान के पास जाके झाड़फूंक कर लेते हैं वो जाके मंत्र बोलता है मोर पंख झाड़ता है बोला कम हो गया मुझे यह आश्चर्य लगता है कि तुम इतने मंत्र सिद्ध होकर उसके पास जाने क्या क्रिया पड़ी ऐसे बहुत लोग आप सच कहो ऐसा है नहीं इस संसार में ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है क्या हमारे मंत्र सिद्धि नहीं है हम मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते यह मंत्र सिद्धि में पहले मच्छिन्द्रनाथ जी ने जो शिव जी को कहते हुए माता पार्वती को कहते हुए संस्कृत का एक मंत्र कहा था और कहा था कि इसे मुझे सिद्धि प्रदान करो लेकिन गोरखनाथ जी ने उसी मंत्र को फिर प्राकृत में कहकर कहा कि मुझे इस मंत्र की सिद्धि दो अपने गुरु को मांगा प्राकृत रूप में गोरखनाथ जी ने मंत्र को मांगा और संस्कृत में मच्छिन्द्रनाथ जी ने शिव जी को और माता पार्वती को मंत्र मंत्र मांगा और बोला कि मैं जो भी भावना के साथ कहूं वो देवता सुनना ही चाहिए और मेरी बात नवनाथ कैसे चमत्कार विद्या क्या है आज हम कलियुग में किन किन विद्याओं को देखते हैं हम इतना मंत्र करने साधना करने के बाद भी हम क्यों यशस्वी नहीं हुए हमें क्यों यही मिला की हम आज कोई एक व्यक्तित्व ऐसा खड़ा हो और कहे कि डॉक्टर नारायण सिंह जी का शिष्य हूं मैं ये बात कर सकता हूं मैं प्रधानमंत्री हूं मैं मुख्यमंत्री ऐसा एक बात कहे एक साधक तो हो मेरी इच्छा है एक साधक तो हो जो तीन लोगों में घूम के आए और कहे मैं चंद्र पे जा सकता हूं शुक्र लोक पे जा सकता हूं एक साधक साधना करके बताए अगर ये नहीं होता है तो हमारे में कमी है मंत्र में कमी है साधना में या गुरु में कमी है तब मैंने इस निर्णय पर पहुंचा है कि हम संस्कृत के बारे में जानकर क्या करें या ना करें हम सागर विधान से जैसे नवनाथ भी स्वर्ग में जाते थे, थे भगवान शंकर से झगड़ा लगा लिया था गोरखनाथ जी ने रामचंद्र से और हनुमान जी से झगड़ा लगा लिया था और वे जीत गए उनके साथ वो हार गए रामचंद्र जी भी हनुमान जी भी हार गए जिसनाथ समुदाय में कहा जाता तो ऐसी कौन सी साधना है जिससे हम दशमान्या को या इस हर लोग के नक्षत्र सिद्धांत को जो सिद्धाश्रम में कहा जाता है आज स्वामी विशुद्धानंद जी हो साबर के श्रेष्ठ ज्ञाता थे नित्यानंद जी हो नवानंद जी हो यह सब सिद्धाश्रम के जी हो प्रणवानंद जी हो, जी हो, हो, प्रणवान साधक उनको बुलाने का तरीका एक ही है तुम हिमालय में कहीं भी घुस जाओ और कहो कि मैं गुरु का शिष्य हूं मैंने गुरु मंत्र लिया है और मैं रोज गुरु मंत्र करता हूं मुझे ये घटनाएं आई है, है अप्रत्यक्ष तो किसी न किसी रूप में आपके सामने गुरु की सहायता आप इतने जो में लेकिन वो में क्यों? जो गैस के चूल्हे के ऊपर या हम जो जिस अशुद्धता के साथ चल रहे हैं जिस हाइब्रिड तत्वों के साथ हम चल रहे हैं जिसको चाहते हैं वो लोग नहीं चाहते वो लोग शुद्धता चाहते हैं और वो शुद्ध हम किस प्रकार से हो वो सावर विधान बताता है कि हम किस प्रकार से शुद्ध कहलाए जाते हैं और उस शुद्धता को प्राप्त करते हैं अगर हम साधनाओं में श्रेष्ठता चाहते हैं तो हम इस बार मैं इस गुरु जन्मदिवस को साधनाएं सागर विधान की दे रहा हूं और गुरु पूर्णिमा में चाहता हूं कि अब सिद्ध होकर आए तो ही मैं क्या हो श्रेष्ठ हूं या गुरु श्रेष्ठ है या सागर विधान सावर मंत्र है